एक बार एक व्यक्ति ने कोयल से कहा तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती उस व्यक्ति ने गुलाब से कहा तुझ में काटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता फिर उस व्यक्ति ने समुंदर से कहा तेरा पानी अगर नमकीन ना होता तो कितना अच्छा होता वो व्यक्ति फिर मंदिर गया और भगवान से बोला तू मूर्तियों में ना होकर अगर असली जिंदगी में होता तो कितना अच्छा होता इतने में भगवान बोले मेरे बनाए हुए इंसान अगर तुझ में दूसरों को देखने की कमियां ना होती तो तू कितना अच्छा होता आप सभी कमेंट में लिख दीजिए कि अब हम दूसरों की कमियों को देखने के बजाय अपनी खुद की कमियों को दूर करेंगे